जिस्म से जान तक पास आते गए इन गो से दिल में समाते गए जिस्म से जान तक पास आते गए इन गॉँ से दिल में समाते गए जिस हसी की तमन्ना मुझे वही बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम जो मेरी रोह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए गए हो तुम हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हर किसी से जिसे मैं छुपाता रहा बेखुदी में जिसे गुनगुना रहा हर किसी से जिसे मैं छुपाता रहा खुदी में जिसे गुनगुनाता रहा मैंने तनहा कभी जो लिखी थी वही शायरी मेरे रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए